हाय फ्रेंड्स मैं हूं आपका रोमियो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल टेक्निकल रोमियो पर हम सभी जानते हैं रिलायंस जियो ने सबसे पहले अपने इंटरनेट की फोर सर्विस को लॉन्च करके सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी औकात दिखा दी यानी कि जियो के ऑफर के बाद सभी कंपनी ने अपने अपने प्राइस और रिचार्ज में कटौती की जिसकी वजह ऐसी सभी टेलीकॉम कंपनिया अपने ग्राहकों ऐसी यानी की हमसे जरूरत ऐसी ज्यादा मुनाफा कमा रही थी तो उस मामले में तो मुकेश अम्बानी जी ने सबकी बोलती बंद कर दी सिलसिला यही नहीं थमा जियो फोर जी सर्विस के बाद अब हम सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो ने अपना एक फीचर फोन लॉन्च कर दिया है जो कि कॉस्ट ऑफ फ्री है हाँ माना आपको इसके लिए पंद्रह सौ देने होंगे लेकिन वह एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको तीन साल की अवधि के बाद रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप फोन वापस करना चाहते है तो और ये सब देखते हुए बाकी फोन कंपनी चुप तो बैठने वाली है नहीं तो आज खबर आ रही है इंटेक्स की तरफ ऐसी खबर की माने इंटेक्स ने मंगलवार को भारत में अपना पहला 4G जी एनेबल वोल्टी फीचर फोन टर्बो प्लस 4G भारत में लॉन्च कर दिया है इंटेक्स ने इस फोन का ऐलान मुकेश अंबानी द्वारा जियो का फीचर फोन के ऐलान किए जाने के बाद किया यह फोन कंपनी की नवरत्न सीरीज के तहत आया है और साथ ही इस सीरीज में आठ दूसरे फोन मॉडल भी है जिनकी कीमत सात सौ रूपए लेकर पंद्रह सौ के बीच में रखी गयी है चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फोन का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होगा 2.4 इंच की इसकी डिस्प्ले दी गई है जो कि क्यू होगी यह ए होगी सॉफ्टवेयर वर्जन पर काम करेगा इसमें डुअल कोर प्रोसेसर के साथ में 512 सौ की रैम दी गई है और साथ ही 4 जी इंटरनल स्पेस दिया गया है जिसे आप चाहें तो बत्तीस जी तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस फोर फोन में कैमरा होने वाला है दो मेगा का और वही फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा इसका वीजीए साथ ही दो हजार की बैटरी दी गई है जो की ये प्लस पॉइंट है छोटी स्क्रीन है परफॉर्मेंस बैटरी के मामले में अच्छा ही होगा तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटेक्स ने ऐलान किया है, फोन है इसमें की भी काम करेगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आया है तो लाइक करें शेयर करें और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए Bye bye